हरिकोरन तोरन तोरण पता का सो सोए रंग कलस धराये जनकपुर राम बना रे बन आए जनकपुर राम बना बन आए अलग है आज ब्याव नहीं हो रो आज बरो कार्यक्रम हो रो इस तोरन दो दोरन दोरन बुंदेली में अगर कही जाए तो खोरन खोरन खोरन खोरन हल्ला मचो है खोरन खोरन हल्ला मचो है कैसो सबके मन हर साय आज को जो दिन हो मोजा समैया देखें खुले नहीं खाले फूले सबका सबके मन हर साय बंदना जी ने सुंदर ललन जन माए बंदना जी ने सुंदर ललन जन बालक की सुंदरता देखो अपर्णन करी गई नैनो का निर मल नजरा नैनो कान मल नजराना नैनो कान मल नजराना जाने हर दिल को भर जाने हर दिल को भर होठ लगे पंखुड़ियाँ गुलाब की हठ लगे रे पंखुड़िया गुलाब की पल पल खिल खिल जाए हे पल पल खिले खिल जाए आकाश जी ने सुंदर ललन है पाए आकाश जी ने सुंदर ललन